नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों मेष राशि के जातकों दिसंबर राशिफल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दिसंबर का यह माह क्या कुछ खास लेकर के आया है मेष राशि के जातकों के लिए क्या वर्ष के अंत में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी इन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह को शुभ और प्रभावी बनाने के लिए दिव्य प्रयोग तो आपको बताएंगे लेकिन दर्शकों दिसंबर माह में कई ऐसे योग बन रहे हैं जिनमें आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं तो इससे जुड़ा हुआ प्रयोग भी हम अपने इस चैनल पे बताएंगे अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसके साथ साथ दर्शकों आप लोगों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना है निवेदन है कि यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए मेष मेष राशि के जातकों आप सभी लोगों को हर्षोल्लास के साथ सूचित करते हुए बड़ा आनंदित हो रहे हैं कि जयपुर आगमन हो रहा है इक्कीस और 22 दिसंबर को तो जो भी दर्शक हमारे जयपुर से हैं आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं इसके बाद जो है दिल्ली आगमन होगा 28 और 29 दिसंबर को तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग भी आकर के मिल सकते हैं इसके साथ साथ मेष राशि के जानको वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है मूलांक के आधार पर भी राशिफल हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा के देख सकते हैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और प्रतिदिन दैनिक राशिफल दर्शकों हमारा आता है दैनिक राशिफल की खास बात ये रहती है कि उसमें लकी ड्रा निकालते हैं सपोज करिए आपने आज दैनिक राशिफल देखा और आपको किसी प्रश्न के जो है आपके उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे इसलिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए तो मेष राशि के जात को इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से है आइए इस पर एक दृष्टि डाल देते हैं तो एक तारीख रविवार दिन रहेगा विवाह पंचमी रहेगी आ, दो तारीख को सोमवार दिन रहेगा चंपा चंपाष्ठी रहेगी इसके साथ साथ आठ तारीख रविवार दिन रहेगा मोच्छदा एकादशी नामक व्रत रहेगा मत्स्य द्वादशी भी रहेगी दर्शकों इसके बाद नौ तारीख सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा हनुमान जयंती भी रहेगी कन्नड़ लोग मनाते हैं इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे ग्यारह तारीख को जो है पूर्णिमा का उपवास रहेगा और जो माताएँ बहनें रोहड़ी व्रत रहती हैं तो ग्यारह तारीख को आप लोग बुधवार के दिन रह सकती हैं बारह तारीख को अन्नपूर्णा जयंती रहेगी और त्रिपुर भैरवी जयंती भी बारह तारीख बृहस्पतिवार वाले दिन रहेगी इसके साथ साथ दर्शकों को पंद्रह तारीख को रविवार संकृष्टि चतुर्थी रहेगी सोलह तारीख सोमवार दिन रहेगा धनु संक्रांति अब ये संक्रांति क्या है तो संक्रांति मतलब होता है सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो इसको धनु संक्रांति बोलते हैं वृश्चिक राशि से ये धनु राशि में आएंगे 22 तारीख रविवार दिन रहेगा सफला एकादशी रहेगा और साल का वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है 23 तारीख सोमवार रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 25 तारीख बुधवार दिन मैरी क्रिसमस आप लोगों को क्रिसमस पर्व जो है पच्चीस तारीख को मनाया जाएगा इसके साथ साथ पच्चीस तारीख बृहस्पतिवार दिन रहेगा अमावस्या जो है रहेगी और सूर्य भी दर्शकों रहेगा तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हम अलग से आप लोगों को बना देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये से सभी चीजें हम इस चैनल पर डालते हैं बस आप लोग जो है इस वीडियो को देखते रहिए तो दर्शकों जो उपाय हमने बताया था लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उसको अंत में ना बता करके प्रारंभ में ही बताते हैं कि इस माँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप ऐसे क्या क्या दिव्य प्रयोग करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा साल के आखिरी महीने पर मेत्र राशि के जातकों के ऊपर छप्पर फाड़ के बर से करना बहुत कुछ विशेष नहीं है जितने भी फ्राइडे पड़ेंगे शुक्रवार पड़ेगा तो शुक्रवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा बेसिकली दूध लेना रहेगा गाय का कच्चा दूध लेना है उसमें थोड़ा सा शहद मधु जिसको बोलते हैं डाल दीजिएगा थोड़े से केसर की के पत्ती आप डाल दीजिएगा और आपके नाम में जितनी स्पेलिंग होगी जैसे सपोज करिए हमारा नाम आशीष है तो आशीष नाम में तीन जो है हिंदी के अक्षर अच्छा आते हैं हिंदी अक्षर अच्छा से ही करना है तो तीन फूलदार लौंग डालना है उसमें और तीन फूलदार लोंग डालने के बाद बरगद के वृक्ष पर जाना है बरगद के वृक्ष में जा कर के ये सनराइज से सनसेट के बीच में करना है आपको और वहाँ पर आपको ओम श्रीम श्रेय नमा मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए गलती मत करिएगा आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं ओम श्रीम श्री नमः ये मंत्र है और इस मंत्र को 21 बार उच्चारण करते हुए धीरे धीरे धार आपको बरगद के वृक्ष में जो है जड़ में उसके डालनी रहेगी उसके बाद चलते समय आपको करना क्या रहेगा वहाँ की मिट्टी जो है जिस जगह पर आपने जो है दूध का अभिषेक किया होगा बरगद के वृक्ष पर अपने अनामिका उंगली इसको रिंग फिंगर बोलते हैं तो रिंग फिंगर से आपको थोड़ा सा तिलक करना है और प्रार्थना करनी है मां लक्ष्मी से कि जिस भी चीज़ की धन की कमी है या वाहन सुख नहीं पा पा रहे हैं या मकान का सुख नहीं पा रहे हैं या कोई नौकरी आपको नहीं लग रही है महेश राशि के जातकों तो आपको वो चीज़ें अपनी विशेष मांगनी है माता से पहला प्रयोग ये रहेगा दूसरा प्रयोग आपको करना क्या रहेगा प्रतिदिन जब आप उठेंगे ये पूरा दिसंबर माह यदि आप ये प्रयोग कर लेते हैं आपको धन संबंधी खुद लाभ होगा तो आपको करना क्या रहेगा सुबह उठ करके जो भी आपका स्वर चलेगा स्वर जो है विज्ञान के अनुसार दाया स्वर बाया स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर होता है तो जो भी स्वर आपका चलेगा वो हथेली आपको पहले अपने सामने करनी है हम लोग बेसिकली दोनों हथेलियाँ करते हैं जैसे मान लीजिए अभी हमारा दाया स्वर चल रहा है तो सुबह जब उठेंगे तो सबसे पहले हम ये दाहिना हाथ सीधे कर लेंगे और उसके बाद अपने दाहिने तरफ आपको तीन बार फेरना रहेगा और दाया पैर सबसे पहले आपको जमीन पर रखना रहेगा ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए दर्शकों धन संबंधी जो भी विघ्न जो भी बाधाएं हैं ये आपके जीवन से दूर हो जाएगी अब चलते हैं राशिफल की ओर कि दिसंबर माह में मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कुंडली देख सकते हैं और ये कुंडली जो है ये देखिए मेष राशि की कुंडली कुंडलीय देखिए ये हमारा राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों कई लोग पूछते हैं चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानम नाम राशि ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि की आपको चिंता भी नहीं करनी है तो ये जो आप कुंडली के बॉक्सेस देख रहे हैं बारह घर हैं पर राहु का जो गोचर चल रहा है राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल देखिए दर्शकों तुला राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध और सूर्य अष्टम स्थान आठ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो बुद्ध और सूर्य का गोचर यहाँ पर चल रहा है इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है तो देव गुरु बृहस्पति तो राशि आ चुके हैं शनि और केतु के साथ शनि केतु गुरु ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा दर्शकों देखिए सवा दो दिन में अपनी दिन क्लास चेंज करता है तो चंद्रमा को मानक मान करके नक्षत्रों को मानक मान करके ये राशिफल तैयार किया गया है तो दर्शकों सूर्य दो जो वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं सोलह तारीख को ये वृश्चिक राशि से धनु राशि में संचरण करेंगे गोचर करेंगे तो इन्हीं सब आधार पर दर्शकों इस माह का राशिफल तैयार किया गया है तो दर्शकों सितारे कहते हैं कि मेष राशि का यह माह शांतिपूर्ण तरीके से इस माह का अंत होता हुआ दिखाई पड़ेगा आप एक ऐसे वातावरण में सबसे अच्छा महसूस करेंगे जहां आपको सुरक्षित महसूस होता हो दिसंबर का यह माह प्यार के लिए एक अच्छा समय होगा इसलिए अविवाहित लोग अपने जीवन साथी को मिलने के लिए नए मौक़ों की अपेक्षा कर सकते हैं आप एक आशावादी और सकारात्मक सोच के होंगे एक और चीज़ जो आपके आसपास में जो है गॉड गिफ्टेड है कि आप व्यक्तियों का ध्यान अपनी और अनायासी आकर्षित कर लेते हैं तो मेष राशि वाले दिसंबर में फिर से अपने सामाजिक संबंधों में आगे रहेंगे सितारे दर्शकों कहते हैं कि इस अवधि में किए गए आपके जो कार्य हैं ये दीर्घा जो है अवधि वाले होंगे साथ साथ नए विचार और जिनका आप आनंद उठा सकते हैं ऐसे अनुभव आपको समृद्ध करेंगे काम पर लापरवाही और निरर्थक गलतियाँ करने से आप लोग सावधान रहिएगा मेष राशि के जातकों इस माह यदि कोई नौकरी और साक्षात्कार का मौका मिलता है तो कोशिश कीजिएगा एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा दूसरी बात बताना चाहेंगे कि दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आपकी प्रतीक्षा कर रही है आपको उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा उच्चाधिकारी आपको कोई एक्स्ट्रा कार्य की जिम्मेदारी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों अपने आप को किसी से आप जो है कंपेयर मत करिएगा तो बेहतर रहेगा इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई करप्शन मत करिएगा गड़बड़ मत करिएगा देखिए यहाँ पर अष्टम स्थान जो होता है ये आकस्मिक धन लाभ का भी होता है लेकिन ये आकस्मिक धनलाभ आपको कही कहीं ना कहीं मुसीबत में भी डाल सकता है तो कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से कार्य करिएगा एक बात और बताना चाहेंगे कि इस माह में आपके करियर में तेजी आएगी जो भी छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं जिनका भी साक्षात्कार है उनको जॉब वगैरह मिलती हुई दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस माह आप विवाह के बंधन में बनते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं बिजनेस में भी आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे माह के मध्य के बाद आपकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जो है बाहर जा सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा इस माह बन रही है सेहत को लेकर भी ये महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है ना बहुत खराब रहेगा ना बहुत अच्छा रहेगा इस माह के ग्रह गोचर आपके लिए शुभ फलों के संकेत बहुत अच्छे देखिए हेल्थ के मामले में नहीं दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नित्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा देखिए सूर्य नमस्कार के भी बहुत फायदे हैं हर एक देवताओं को जो है अलग अलग चीज़ें प्रिय हैं अब जैसे भगवान शिव हैं तो यदि आप उनको जो है रुद्राभिषेक करेंगे आप उनको जो है जल चढ़ाएंगे तो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु हैं इनको आप जितना ज़्यादा सजाएँगे संवारेंगे वो उनको बड़ा अच्छा रहता है भगवान भास्कर हैं तो इनको यदि आप प्रणाम करते हैं तो वो बहुत जल्दी पसंद होते हैं देखिए शास्त्रों में भी, भी लिखा है दर्शकों कि अलंकारा प्रिया विष्णु जलधारा प्रिया शिवा नमस्कारा प्रिया भानु ब्राह्मणा मधुरा प्रिया तो भगवान विष्णु को अलंकार सजना सवरना बड़ा पसंद है आ, सूर्य देव को नमस्कारम प्रिय भानु तो सूर्य देव को नमस्कार प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को जलधारा प्रिय है और ब्राह्मणा मधुरा प्रिय जो ब्राह्मण होता है इनसे आप केवल मीठी मीठी बातें ही कर लें तो वो आपको बहुत कुछ दे देंगे इसके साथ साथ दर्शकों मेष राशि के जो जातक हैं इनके भाग्योन्नति में जो रुकावटें आ रही थी वो हटती हुई दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि भाग्य के घर में अब देवगुरु बृहस्पति आप लोग देखिए जो ये नवम स्थान है ये होता है आपके भाग्य का ये होता है तीर्थ स्थानों का ये जो हो, स्थान होता है ये होता है पिता का तो जो भी पिता से आपके संबंध कटु थे या बात बात में जो है आप लोगों के विचार नहीं बनते थे तो पिता से संबंधों में सुधार आएगा इसके साथ साथ भाग्य का प्रॉपर साथ आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा किसी धार्मिक क्रियाकलापों में इस माह आप लोग प्रतिभाग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो कोई क्रेडिट आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है सरकार पक्ष से सत्ता पक्ष से आप पुरस्कृत हो सकते हैं कोई इनाम इत्यादि भी आपको मिल सकता है सप्तम स्थान होता है व्यापार का व्यापार के घर के जो लॉर्ड बनते हैं शुक्र ये टेंथ स्थान में चले गए हैं तो कोई नया व्यापार आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं कोई नई नौकरी आपका इंतजार कर ही आपको मिल सकती है जो कोई मेष राशि के जातक कला से संगीत से जुड़े हुए हैं या आप लोग लेखन से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छा जो है योग बन रहा है इस माह देखिए स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में कुछ बाधाएं आती हुई दिखाई पड़ रही हैं लेकिन वो बाधाएं स्वतः हट हट भी जाएंगी अंत में इसके साथ साथ दर्शकों धन के मामलों में बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा हालाँकि शनि की तीसरी दृष्टि देख लीजिए एकादश स्थान पर पड़ रही है और जो सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये जो है आपके कर्म के घर में आ गए तो कुल मिलाकर के शाम दाम भेद कहीं ना कहीं से आप लोग धन प्राप्ति के मार्ग खोज ही लेंगे लेकिन आपके धन अनायाश ही बहुत ज़्यादा खर्च होंगे यदि कोई आपको उधार मांगता है तो हाथ जोड़ लीजिएगा माफी मांग लीजिएगा कैस में तो आपको किसी को पैसा ही नहीं देना है वरना आप लोगों का धन इस अटक सकता है फंस सकता है हो सकता है भविष्य में वो धन आपको ना मिले तो दर्शकों ये तो था देखिए मेष राशि का दिसंबर माह का राशिफल। उम्मीद करते हैं देखिए सारी चीजें हमने इसमें ली है और सभी कुछ इसमें आया हुआ है इसके साथ साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहते हैं इस माह किसी धारदार वस्तु से आपको चोट भी लग सकती है शासकीय माध्यमों से माह के अंत में जो है हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है भाग्योन्नति में कुछ रुकावट आएगी दस से सोलह तारीख के बीच में इस कारण आपका आत्मविश्वास भी गिरेगा भाइयों से कुछ असहयोग हो सकता है तीसरा हाउस जो होता है ये पराक्रम का होता है छोटे भाई बहनों का होता है तो कुछ वैचारिक मतभेद आप लोगों के हो सकते हैं आप क्या कहते हैं कुछ कोई नई वाहन इत्यादि भी आप लोग खरीद सकते हैं एक बात और बता दें चंद्रदेव जब भी राहू के साथ संपर्क में आएंगे चंद्रमा राहू का ग्रह दोष बनाएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे भाई बहनों से विवाद हो जाएगा जहां आपको पराक्रम दिखाना चाहिए वहां आप लोग पराक्रम दिखा ही नहीं पाएंगे तो दर्शकों देखिए अंत तक बने रहिएगा। इसके उपाय भी हम अभी आपको बता रहे हैं तो इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या है उस पर आगे बढ़े लेकिन इस माह के प्रमुख आपके दिन कौन से हैं सबसे अनुकूल दिवस जिनको हम शुभ दिनांक कहते हैं तो तीन तारीख है आठ तारीख है बारह तारीख है सत्रह तारीख है उन्नीस तारीख है बीस तारीख है इक्कीस तारीख है चौबीस तारीख है सत्ताईस तारीख है अट्ठाईस तारीख है तीस तारीख है ये आपके लिए सर्वाधिक शुभ दिवस रहेंगे प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो पाँच तारीख है दस तारीख है सोलह तारीख है चौदह तारीख है तेईस तारीख है पच्चीस तारीख है ये प्रतिकूल दिवस हैं। इनमें किसी भी शुभ कार्यों को करने से अवॉइड करिएगा और हमारा प्रतिदिन का आप लोग राशिफल देख सकते हैं उसमें भी हम लोग उपाय बताते हैं शुभ कलर की यदि हम बात करें तो इस माह सर्वाधिक आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा येलो कलर देखिए बृहस्पति भाग्य के घर में आ गए तो लकी कलर की यदि हम बात करें तो येलो कलर हो गया क्रीम कलर हो गया सेफ्रॉन कलर हो गया रेड कलर हो गया ऑरेंज कलर हो गया ये सब आपके लिए सर्वाधिक शुभ कलर रहेंगे भाग्यशाली अंक की बात करें जो लोग क्या कहते हैं लॉटरी वगैरह लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा अंक एक अंक नौ और अंक आठ ये आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेंगे और अंक तीन भी आपके लिए शुभ रहेगा इन अंकों पर आप अपने दाव चल सकते हैं तो दर्शकों अब चलते हैं उपाय की ओर उपाय क्या करना है लेकिन दर्शकों आप लोगों को पुनः सूचित कर दें कि जयपुर आगमन हो रहा है 21 बाईस तारीख को और दिल्ली आगमन हो रहा है 28 और 29 दिसंबर को तो आप लोग मिल सकते हैं वार्षिक राशिफल 2020 हजार चुका है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है अंक ज्योतिष के आधार पर भी हमारा राशिफल पड़ चुका है शनि का ट्रांजिट हो रहा है इससे संबंधित भी हमारा राशिफल पड़ चुका है जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है सभी राशियों का हमने इंडिविजुअल बनाया है आप लोग जा करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसके साथ साथ दैनिक राशिफल भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं उपाय के तौर पर दर्शकों देखिए करना रहेगा रुद्र सूक्त का पाठ मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन करना रहेगा हमने कहा था ना इस राशिफल में कि धारधार हथियार से चोट लग सकती है तो धारदार हथियार से चोट ना लगे तो रुद्र सूक्त का पाठ करिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आपको प्रतिदिन जपना रहेगा माह में दो बुधवार को विकलांग व्यक्तियों को आप लोगों को कुछ मीठा खिलाना रहेगा और पका हुआ भोजन खिलाना रहेगा ये दो कार्य आपको करना रहेगा तीसरा कार्य दर्शकों ये रहेगा ब्लैक और ब्राउन कलर को जितना ज़्यादा आप लोग वाइट कर सकते हैं करिएगा क्योंकि ये जो कलर रहेगा इस माह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा गुरु का देवगुरु बृहस्पति का कवच इसका आपको प्रतिदिन एक जो है बार उच्चारण करना रहेगा जाप करना रहेगा ये कुछ प्रयोग हैं लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ हमने आपको प्रयोग बता दिया है ये आप करिएगा यदि किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं किसी साक्षात्कार में जा रहे हैं तो एक हल्दी की गाठ थोड़े से पीली सरसों के दाने और केसर की कुछ पत्तियां अपने जेब में रख करके जाइए निश्चित ही दर्शकों आप लोग सफल होंगे तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष राशि का दिसंबर माह का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दर्शकों बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार